हाय दोस्तों माय फर्स्ट लोग आप सभी का स्वागत है तो है गुड मॉर्निंग आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों और आज नया लोकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों ऐसा गुड़गामा के अंदर में दोस्तों इस मेरे को नहीं जान रहे होंगे दोस्तों तो थोड़ा भाई को भी सपोर्ट कीजिए यार सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मुझे बनाइए थोड़ा देखिए दोस्तों इधर पूरा एकदम तो, जंगली जंगल नजर आएगा ठीक है बाकी इधर इधर ये जो फूल खिले हुए हैं इधर जो इधर मेरे को ये सब थोड़ा सही लग रहा है देखने में है। ठीक है भाई इधर देखिए उधर देखिए सामने नजर जा रहा है आपके साथ कंपनी आ और इधर खिलाते हैं बाकी कोई ज़्यादा क्या और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहाड़ पहाड़ी इलाका था यहाँ आई हुई है पूरा एकदम